सिंगरौली में पुलिस ने जन जागरूकता अभियान चलाया इस दौरान पुलिस अधीक्षक अपनी टीम के साथ सड़कों पर निकले और कहा कि बाइक चालक हेलमेट लगाने और यातायात के नियमों का पालन करें वहीं उन्होंने लोगों को आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए भी समझाइश दी बढ़ती सड़क और आपराधिक दुर्घटनाओं को देखते हुए सिंगरौली पुलिस ने जन जागरूकता अभियान निकाला जिसके तहत सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र सिंह अपनी टीम के साथ सड़क पर निकले उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट जरूर पहने और सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें, जिससे सड़क दुर्घटना की संभावना कम हो पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न सड़कों पर यातायात व्यवस्था का जायजा भी लिया वहीं उन्होंने दुकानदारों को अपनी दुकानों में सामान व्यवस्थित रखने और हर दुकान में सीसीटीवी लगाए जाने की समझाइश दी इस दौरान पूरी पुलिस टीम और व्यापार मंडल अध्यक्ष राजा केसरी के साथ स्थानीय नगर निगम के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चौक करने बाजार व्यवस्था को नियमित करने व्यवस्थित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सिंग रोहली आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार सिंह साहब एडिशनल एस साहब हमारे सीएसपी साहब और थाना कोतवाली का संपूर्ण बल हम सभी लोग आज शहर में जो हमारा थाना रोड है उससे अंबेडकर चौक अंबेडकर चौक से सराफा रोड सराफा रोड से काली मंदिर काली मंदिर से न्यायालय होते हुए टाकी तिरा तुलसी मार इन सभी महत्वपूर्ण जो हमारे बाजार के क्षेत्र हैं उनमें भ्रमण किया गया और बीच बीच में जो जैसे हमारा अम्बेडकर चौक है या टाक रहा है वहाँ पर जो वाहन चालक हैं बाइक चा हैं उनको जो हेलमेट के बिना अपना सवारी कर रहे तो उनको भी समझाइश दी गई कि वो हर हाल में हेलमेट पहने तो कुल मिलाकर करके आज ये जो बाज़ार को व्यवस्थित करने और जो बिना हेलमेट के वाहन चालन कर रहे हैं उनको समझाइश देने के उद्देश्य से